आखिर क्यों महाकाल की नगरी उज्जैन में किसी भी देश के राजा व नेता आकर रात नहीं रह सकते इसके पीछे का रहस्य क्या है आइए बताते हैं इस वीडियो में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महाकाल के भक्त हैं वहीं इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे देखिए इसके पीछे भी एक कहानी है कहा जाता है कि दूसर नामक एक राक्षस था जो कि उज्जैन के लोगों को पेरडा देता था तो इसी राक्षस को मारने के लिए भगवान शिव ने स्वयं इस धरती पर प्रकट हुए थे राक्षस को मारने के बाद यहाँ के लोगों ने भगवान शिव से विनती कर आज भी उज्जैन में ही विराजित है लेकिन यहाँ एक शर्त थी लोगों की कि हमारे राजा सिर्फ भगवान महाकाली ही रहेंगे अगर कोई राजा यहाँ आएगा तो उसकी मृत्यु तत्काल हो जाएगी तब से अब तक कोई भी राजा व नेता यहाँ रात नहीं रहता वहीं ग्रंथों में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर उज्जैन के सारे व्यक्ति सो जाएं, तो वहाँ उज्जैन में जिंदगी भर तक सोते रह जाएंगे लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए मिलते हैं अगली वीडियो में